नमस्कार दोस्तों मेरे प्यारे साथियों आज मैं आप लोगों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताने जा रहा हूं यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है बहुत ही उपयोगी हैं आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर सकते हैं और हमारे चैनल पर यदि नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ भाइयों के साथ और यारों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे हम क्या कहेंगे आगंतुक कहेंगे यह जो प्रश्न है यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम उन्नीस सौ के एग्ज़ाम 1910 में पूछा गया प्रश्न है इसी तरह से क्वेश्चन है जो आदर करने योग्य हो उसे हम आदरणीय कहते हैं या आई के एग्ज़ाम उन्नीस 1995 नब्बे और दो में पूछा गया प्रश्न है आशा से अधिक या जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम असातित कहते हैं यह जो प्रश्न है ऊपर अपर सब डिवीजन क्लर्क उन्नीस लो सब डिवीजन क्लर्क 2003 में पूछा गया प्रश्न है ऋषि निर्मित अथवा कथित इसका मतलब होता है आर्स जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे हम आशावादी कहते हैं जो अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास करें उसे हम आत्मकथा कहते हैं आश्रय देने वाला क्या कहलाएगा आश्रयदाता कहलाएगा आलोचना करने वाला को क्या कहेंगे आलोचक कहेंगे यह जो प्रश्न है अपर सब डिवीजन एग्जाम उन्नीस सौ में पूछा गया प्रश्न है इसी तरह से आगे प्रश्न आएंगे कि आदि से अंत तक इसका मतलब होता है अद्योपांत या अध्यांत यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस के एग्जाम उन्नीस सौ चौरासी के एग्जाम 1992 सौ बानवे और 2007 में पूछा गया प्रश्न है भगवान के सहारे अनिश्चित आय के मतलब होता है आकाश आकाशवृत्ति जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे हम अनुश्राविक कहते हैं आकाश में गमन करने वाले को हम आकाशगामी कहते हैं आकाश में घुड़ने वाले को आकाशचारी कहते हैं जन्म भर मतलब आजन्म या जन्म पर्यंत जो अपनी हत्या कर, हत्या आप करे वह आत्मघाती कहलाता है या आत्महंत कहलाता है जो अपने पैरों पर खड़ा हो जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे हम आत्मनिर्भर कहेंगे यह जो प्रश्न है यूपीपीसीएस के एग्जाम उन्नीस उन्नीस सौ बानवे उन्नीस पूछा गया प्रश्न है शीर से पैर तक इसका मतलब होता है आपाद मस्तक आभार मानने वाले को क्या कहेंगे आभारी कहेंगे यह प्रश्न रायस के एग्जाम 2005, 2008 और यूपीपी सी के एग्जाम 1900 सॉरी 2007 में पूछा गया प्रश्न है मरते दम तक मतलब इसको कहेंगे आमरण प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है उसको हम क्या कहेंगे अमाशय जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे हम आक्रांत कहते हैं यह यू, यूपीपी के एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना यह आयात कहलाता है वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो उसे आयातक कहते हैं आयोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? आयोजक कहलाएगा? धन से संबंधित व्यक्ति को क्या कहेंगे आर्थिक कहेंगे जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसे हम आलोचक कहेंगे यह अपर सब डिविजन के लर्क दो हज़ार चार में पूछेगा प्रश्न है जो आलोचना के योग्य हो उसे हम आलोचक कहते हैं देखिए किसी अवधि से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा आवाद अवधिक कहलाएगा वह कवि जो तत्काल तत्क्षण कविता कर सकता हो उसे हम क्या कहेंगे आशू आशु, आशु कवि कहेंगे यह जो प्रश्न है यूके पीसीएस के एग्जाम 2006 2012 और 2015 में पूछा गया प्रश्न है वह क्लर्क जो आंसू लिपि यानी शार्ट हैंड जानता है उसे हम क्या कहेंगे आंसुलिपिक कहेंगे जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसे हम आश्वस्त कहेंगे दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग यह क्या कहलाएगा आत्मोर्थ सर्ग कहलाएगा यह सिद्धांत के यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए उसे हम क्या कहेंगे आदर्शवाद कहेंगे किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति को आदि प्रवर्तक कहते हैं अधिकार अधिकारपूर्वक कहा गया या किया गया उसे हम आधिकारिक कहेंगे किसी आदेश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं उसे हम आदिवासी कहते हैं जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे हम आत्म भीमत कहते हैं भीमत या यूपी पीसीएस के एग्जाम दो में पूछा गया प्रश्न है दैव अथवा प्राकृतिक द्वारा होने वाला दुख को क्या कहेंगे आधि दैविक कहेंगे भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुःख क्या कहलाएगा आधि भौतिक कहलाएगा किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया को क्या कहलाएगा आधुनिकीकरण कहलाएगा अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला क्या कहेगा आकस्मिक कहलाएगा आकाश से सुनाई पड़ने वाला पड़ने वाली आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी क्या कहेगा आकाश वाणी आँतों में होने वाला उसको क्या कहेंगे आंतरिक आंतरिक आकाश को चुमने वाला को आकाश या गगन कहते हैं जिस पर आक्रमण हो उसे हम आक्रांत कहते हैं आक्रमण करने वाले को हम आक्रमणकारी कहते हैं वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम आगत पतिका कहते हैं वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे हम आगमिश्यता पतिका कहते हैं अग्नि से संबंधित या आग का अग्नि से संबंधित या आग का उसे हम क्या कहेंगे आग्न कहेंगे पूरे जीवन में आजीवन जो ईश्वर को मानता हो उसे हम आस्तिक आस्ती कहते हैं यह यूपीपीसीएस के एग्जाम 2008 हज़ार लोअर सब डिवीजन क्लर्क उन्नीस सौ के एग्जाम उन्नीस सौ 2001 और 2002 2004 2005 2007 और यूके पीसीएस के एग्जाम 2004 में पूछा गया प्रश्न है आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे आध्यात्मिक कहेंगे अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहेगा अतिथे कहलाएगा या यू की पी सी एस के एग्जाम दो हजार में पूछा गया प्रश्न अतिथि सत्कार की भावना अतिथि सत्कार की भावना क्या कहलाएगा अतिथ्य कहलाएगा यह यूकी पी सी एस के एग्जाम दो हजार में सोलह में पूछा गया प्रश्न अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना यानी आत्मसमर्पण ऐसा व्रत जो मरने पर भी समाप्त ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत कहलाएगा ऐसा अनसन जो मरने पर भी समाप्त हो उसे हम आमरण अनसन कहलाएगा <laughs> किसी अवधि से संबंध रखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे कहेंगे आवाधिक कहेंगे कि जिसके अहंकार का नाश हो गया हो उसे हम अंत अंत गर्व कहेंगे कह जन्म लेते ही मर जाना उसे हम आदंडपात कहेंगे अत्याचार करने वाले को क्या कहेंगे आत्याई कहेंगे बालक से वृद्ध तक क्या कहेंगे आ बालक वृद्ध जड़ से चोटी तक क्या कहेंगे आमूल जन्म लेना और मरना क्या होगा आवागमन भगवान के सहारे अनिश्चित आय क्या कहेगा आकाशवृत्ति या यूके पीसीएस के एग्जाम दो में पूछा गया प्रश्न है वह जो अपने आचार से पवित्र हो उसे आचार कहेंगे जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे हम आनू कहेंगे यह जो प्रश्न है यूके पीसीएस के एग्ज़ाम दो में पूछा गया प्रश्न है नमस्कार दोस्तों हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जय हिंद